हमने आप, अगे अगे हमने अभी-अभी आपके साथ डिस्कस किया कि एक मिनट को हम इस तरह बाइंडिंग टू फॉन्ट लगा के हम लगा के हम इसको पी को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं टिक के निशान में कन्वर्ट कर सकते हैं बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है क्योंकि जो टिक का निशान है ये आपका फॉन्ट से हुआ है और फ़ॉन्ट जो है एक्सेल का पार्ट नहीं है फ़ॉन्ट जो है आपका विंडोज का पार्ट है अब ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि किसी पक, किसी फ़ॉन्ट के अंदर में किसी भी फ़ॉन्ट के अंदर में आपको किसी कंप्यूटर के अंदर में फ़ॉन्ट मिले ही नहीं तो ऐसा विंडो का वर्जन है जिसमें फॉल्ट है ही नहीं है तो किसी ने अन कर दिया है या आपको में था वाटर कुछ प्रॉब्लम है तो कैसे है? तो ये चीजें मैंने बहुत पहले की थी थिंक मैंने जो मेरा फर्स्ट उसमें किया था तो मैंने क्या किया था, में जे को लिखा था। ठीक है? और हमारे पास एक अलाइनमेंट जाते हैं फॉर्मेट के तो यहाँ रोटेशन होता है कि किसी भी वर्ड को सेल वैल्यू को किसी एंगल पे आप रोटेट कर सकते हैं तो मैंने इसको माइनस फोर्टी फाइव डिग्री से को सिलेक्ट कर लिया तो मेरा जो जो है कि जे जो है माइनस फोर्टी डिग्री पे चेंज हो जाएगा जो कि बिल्कुल इसी के तरह फील करेगा और क्रॉस के लिए हमारे पास एक्स आई नजर ये से किया मतलब जे में जाके जे लिख के आप ध्यान से देखिए सर लगा ध्यान से नहीं देख रहे हैं मैंने बोला कि हमने जे को लिखा अलाइनमेंट में गए कहां गए अलाइनमेंट दिख रहा है था? अच्छा अलाइनमेंट में ओरिएंटेशन होता है ओके okay? और यहां से अपना डिग्री आप मैं, मैंने लिख भी सकते हो कि माइनस फोर्टी फाइव या यहां सेलेक्ट भी कर सकते हो क्लियर है ऑप्शन में आ गया आपको सर अब इसमें अगला ऑप्शन अच्छा है कि क्या इन मैंने बताया है यही इस्तेमाल या और भी इस्तेमाल इस्तेमाल हो सकता है इसका और भी बहुत सारे तैयार कर रहा हूं मान लीजिए कि मुझे अक्टूबर कहीं बनाना है तो अक्टूबर की अटेंडेंस हमने यहां से तैयार कर लिया ठीक है और इस पर हमने पी था हमने पी डाल दिया ऐसी दबी बना दे रहा इससे इसमें एक चीज खाली पूछना था आपने वो पूजा को पूजा जो आपने नाम लिखा उसके बाद आपने ड्रैक किया तो बाकी दूसरा अलग अलग नाम सर, आ गया एक चीज लग रहा है आप पीछे की चीजें प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं हमने आपको जो है ये चीज एक्सल एक ऑप्शन की क्लासेज में बताई थी ना सर एडवांस के अंदर हमारे पास कस्टम लिस्ट होते हैं इस लिस्ट में मैंने ऐड किया हुआ है। अच्छा। इस तरह से भूलेंगे तो काम नहीं चलेगा सर नहीं नहीं जी मतलब ये ये मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था। तो ये हमारे पास बन गया अब इसकी छोटी सी प्रॉब्लम है कि मैं इसकी प्रिंट निकालना चाहता हूँ तो मैं इसको प्रिंट पे जाता हूं तो मुझे इसका प्रिव्यू दिख रहा है तो मैं प्रिव्यू देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि आपका सात अक्टूबर इस तरह से दिख रहा है चलो मैंने एक काम किया मैंने अपना जो पेज है लेटर के जगह पे मैंने इसको ए कर दिया मार्जिन जो मैंने यहां पे नैरो कर दी ताकि कम मार्जिन हो और इसको मैं ओरिएंटेशन पो, जो प्रोटेक्ट है उसको हम इसको लैंडस्केप कर देते हैं फिर भी आपका बारह अक्टूबर से ज्यादा नहीं आया अब मैं इसकी पेज की साइड कंप्यूटर जो लिखा हुआ टेक्स्ट है इसकी स्केल है अब इसकी स्केल को कम करना पड़ेगा दिख रहा है आपको, वन पेज तो क्या होगा कि छोटा हो जाएगा अब ये रीडेबल नहीं है ना, तो मैं इसकी जो प्रिंटिंग साइज को छोटा नहीं करना चाहता मैं ऐसा सर हूं मैं जिससे मेरा प्रिंटिंग साइज भी सेम रहे ताकि मैं उसको इजीली पढ़ सकू हमें लेंस लगाने की जरूरत तो ना पड़े और मेरा एक पेज भी प्रिंट हो जाए तो आप देखिए अपने डेटा को तो इसमें आपका डेटा का सिर्फ हेडिंग बनाया ना सर क्या सर बाकी जो डेटा तो आपका छोटा ही है ना तो अगर हेडिंग को किसी तरह से माने मतलब एडजस्ट किया जाए तो हम कॉलम को छोटा कर सकते इतना छोटा कॉलम कर सकते हैं ना तो छोटे-छोटे कॉलम होंगे तो फिर विजुअल होगा तो इसके इस केस में हम अपना अलाइनमेंट में रोटेशन का इस्तेमाल करेंगे हम इसको सेलेक्ट करते हैं सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और मैंने इसको यहां पे फॉर्मेट सेल यहां पे अलाइनमेंट पे जाकर भी माइनस डिग्री पे नाइन्टी uh, डिग्री पे चेंज कर सकते हैं या फिर यहां भी होता है सर क्रंटेशन लिख रहे सर ये देखिए सर ध्यान से इस भी जाके आप जो है मैंने क्या किया इसको रोटेट टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया तो डेट जो है कुछ इस तरह से होगा अब मैं पूरे को सेलेक्ट किया और किसी भी के जो है। जो किसी भी भी कॉलम कॉलम के के जो जो बॉर्डर बॉर्डर है है ध्यान जब इस तरह का बन जाता है तो बस डबल क्लिक कर दीजिए ये आपका ऑटो तो फिट हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑटो तो फिट जब डबल क्लिक करने पे। अब प्रिंट में देखिए कि आपका पूरा इकतीस अक्टूबर तक का प्रिंट आ रहा है और हमने टेक्स्ट की साइज को भी कम नहीं किया है ओके okay, सर yes. तो ये चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं